हाई दोस्तों असलकुम वेलकम बैक टू डाल आज मैं आपके ना रामपुर पियन कबूतर जोड़ा पेड़ लेकर आया हूँ ये मेरा रामपुरी पेयर है और इसमें टेडी कबूतर है और ये चिरन कबूतरी है ये मेरा पेयर बहुत पुराना मेरे पास ये टेडी कबूतर था और इसने दो उड़ाने भी बारह बारह घंटे की दे चुका है मुझे इसका चार बच्चे थे जैसे गहरी गहरी लगा था उसको मैंने क्रॉस करा दिया फिर उसके बाद इसको मकवाक की गजरी कबूतरी से लगाया फिर उसको बैठा दिया अब मैं लेकर आया हूँ इसके नीनन कबूतरी अब मैं इसको तीन चार दिन तक पहले तो इसको अलग रखूँगा जोड़ा लगाने से पहले कबूतर को तीन चार दिन तक अलग रखना चाहिए उसको अलग रख के फिर मैं इस कबूतरी से इसका जोड़ा लगाऊँगा दोस्तों ये कबूतर आ, बहुत हाई फ्लायर कबूतर है और ये कबूतरी भी कम नहीं है कबूतरी भी बॉर्डर से मंगाई गई ये कबूतरी है और माशाल्लाह इसकी भी उड़ान बहुत अच्छी थी वहाँ से आया हमारे करीबी दोस्त थे उनके पास थे हमसे ले कर आया हमें अब ये जोड़ा आप दोस्तों बताइए कैसा जोड़ा लग रहा है ये रामपुरी जोड़ा हो गया पूरा गैर टेडी कबूतर इसके संग लगाया दोस्तों इनके इनका इनके इसके टेडी कबूतर के बच्चों का भी शौक़ आपको कराऊँगा मैं टैडी कबूतर है और दोस्तों ये जो इनके बाजू भी बहुत बढ़िया है चौच भी और इसके हड्डी जोड़ से भी बहुत अच्छे कबूतर हैं इसकी आँख आँख भी गजली आँखों में बहुत प्यारी मटेली आँखों के कबूतर हैं बहुत अच्छे कबूतर हैं रामप्योर रामपुरी कबूतर हैं दोस्तों ये ये रामपुर में बहुत कम लोगों के पास आपको दिखेंगे ऐसे कबूतर रामपुर में है ही नहीं इसमें कबूतर रामपुर में बहुत कम बच्चे बहुत पुरानी नस्लें हैं ये यहाँ की दोस्तों ये जो कबूतर है इसकी हड्डी जोड़ बिल्कुल मिले हुए हैं जैसा कि होना चाहिए हड्डी जोड़ जो होना चाहिए बिल्कुल बारीक और मिले में सूई की तरह होना चाहिए वैसी हैं इस कबूतर के जोड़ ये टेडी कबूतर है और ये चीनन जो बॉर्डर से मंगवाई थी कबूतरी ये भी सेम वैसी है उसका जोड़ा बिल्कुल सेम हो चुका अब बस इनका जब फिर इसको जब हम पाए इनके अंडे बच्चे निकलवाएंगे तो उनके बच्चों का रिजल्ट देखेंगे तो उन बच्चों पर कैसे रिजल्ट गिर रहा है इसका क्योंकि जब ये पता चलेगा ना उड़ान मेरा कि, कि कैसा उड़ लिया कैसा नहीं है तो दोस्तों ये बहुत प्यारा जोड़ा हो चुका है मेरे पास और ये एक पेयर है जो मैंने अपना बनाया है अच्छे पुराना जोड़ा था ये कबूतर था मेरे पास तो ये जो मैंने कबूतर पेड़ बनाया है बहुत बढ़िया पेड़ बन चुका है ये ये मेरे दोस्त आए थे उन्होंने उन्हों जो बॉर्डर से लेके कबूतरी आए थे तो उन्होंने इस कबूतर को एक बार इसकी उड़ान भी देख के चले गए थे उड़ान इस कबूतर की देख के गए थे तो बड़ा खुश हुए थे कि रहते बहुत बढ़िया कबूतर है तो जब मैंने उनसे कहा था कि अब जब अगली बार आप आओ तो आप मेरे लिए एक बढ़िया कबूतरी ले आना तो देखिए दोस्तों ये कबूतरी ये ले आए थे और अब ये जोड़ा इससे लगा देंगे तो दोस्तों बताइए ये जोड़ा कैसे लगे आपको बढ़िया है जोड़ा वैसे तो और रामपुरी कबूतर हैं और फिर इन आपको इनके मैं अंडे बच्चे हो जाएंगे उसका भी शौक़ कराऊंगा आपको बहुत अच्छा जोड़ा हो जाएगा ये और दोस्तों कबूतर कबूतर की सब में जो मेन क्वालिटी होती है उसके पर होते हैं पर इसके बाजू भी बहुत अच्छे चौड़े बाजू के कबूतर हैं चौड़े परों के बहुत अच्छे कबूतर हैं ये तो मैं आपको दिखाता हमारा कबूतर बहुत बढ़िया है ये कबूतरी में अब मैं इनका शौक़ आपको देखिए नवंबर में उड़ान होती है हमारे यहाँ अब मैं जब भी उड़ान होगी तो मैं आपका इसको शौक कराऊंगा ज़रूर दोस्तों एक बात ये होती है कि कोई भी कबूतर ख़रीदने से पहले या किसी से मंगाने से पहले तो उस कबूतर के पहले, पहले बारे में जान लेना चाहिए कि कबूतर इस कबूतर के संग लगना सही रहेगा या नहीं जैसे कि मैंने लगाया मैंने मंगाया मेरे दोस्त जो करीबी थे भाई जो मैंने उनको आपको बताया उनसे मैंने पूरे उन्होंने देख रखा था तो वो अपने हिसाब से लेकर अगर मैं कहीं मार्केट में कबूतर खरीदने जाता हूँ तो मैं बड़े हिसाब से कबूतर लेता हूँ कि जोड़ हड्डी जोड़ से पहले सब में पहले हड्डी जोड़ कबूतरों को देखे जाते हैं बाजू देखे जाते हैं आग देखी जाती है ये नस्लें होती हैं जब भी तो बनते हैं बादल लोगों के कबूतर तो बहुत अच्छे होते हैं नस्ल के दिखते हैं कहते हैं भाई कबूतर तो मेरा उसके बच्चे तो भाग गए मगर वो उसके अंदर कमी ये रह जाती है कि हड्डी जोड़ के बिल्कुल ठीक नहीं बैठ पाते हैं वो जोड़ों तो इस वजह से कबूतर के बच्चे भाग ही जाते हैं मैं बहुत अच्छे कबूतर को होते हैं मगर वो जोड़ा सही नहीं भी डाल पाते इस वजह से वो बच्चे भाग ही जाते हैं उनको रुकते ही नहीं है एक घेर खाएँगे दूसरी जब तीसरे घेरे में वो चले जाएँगे भाग जाएंगे आसमान पर लगते हैं मगर वापस नहीं आते तो ऐसे लोड़े लगा के भी क्या फ़ायदा जब रिजल्ट ही नहीं मिले दोस्तों ये दोस्तों मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाइक और शेयर करिए दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आप ये कमेंट में बताइए कि जोड़ा कैसे लगा आप लोगों को और बिल्कुल सही जोड़ा अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए और नहीं है तो तो भी बताइए ठीक है ओके